الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على والمرسلين وعلى آله وصحبه اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वसला الذين वसलाम وعملوا الصالحات अम्माबाद आउज़ीम خير आमनबरिया سادک اللہ و لزیم و سادک رسولہں نبی یلکریم إن اللہمَ ملاَئکۃَہُ یسلُو نعلن نبی يا اللَّزِی نامنُو سلُو عليه و سلیمو تسلیما أَصْلَات و سَلَام عَلَی کَیَا سَیَدِیا رَسُولَ اللَّه و اللهم ومولانا محمد الجود وسلم تمام تعریف اللہ تعالی مجد کے لیے، ہر قسم मौलाना करमाम तारीफ़ेंजदलकर हर किस्म के दरूद नबी राहमत सैद आलम सल्लाम की त वात के लिए आज अमीरमिन खलीफतुलमसलम नबी पाक सल अल्लाह तसल् के चौथे खलीफा बरहक हजरत सैदना मौला शेर खुदा रदी अल्लाह तो इक्कीस रमज़ान मुबारक को कोफे की जाम मस्जिद में शहादत का दर्जा हासिल कर गए हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह त वो शख्सियतें कि जिनके बारे में मेरे हबीब पाक सल्ला व्ल् ने फरमाया जिसने इससे मुहब्बत की उसने मुझसे मुहब्बत की जिसने इससे बुग्ज रखा उसने मुझसे बुज रखा और नबी पाक सल्लाम ने फरमाया अली का बुग्ज़ निफाक है अली का बुग्ज नफाक मुनाफिक होने की अलामत है और फरमाया अली का प्यार ईमान है अली का बुग्ज़ कितनी बड़ी बात है अली का बुग्ज निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है अली का प्यार अलामत ईमान है दो तीन किस्म के ग्रुप बन गए एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरते अली और बस बास को तो करम अल्लाह करीम कहने की भी तोफी नहीं होती वो कहते हैं रदी अल्लाह तौख करो इससे भी आगे ना जाओ वो लफ्ज मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में मुस्लिम में मौजूद है फरमाया मनकुन मौला, मौला जिसका मैं मौला उसके अली भी ने जो लफ्ज बयान किया इस लफ्ज से भी बाद लोग डरते डरते कहते नहीं नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोलना ये नहीं कहना हमने मसला बन जाएगा कुछ सिरे से माज अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हजरत अली और फिर इससे ज्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब ना समझा एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया वो चर्च बनाते भंग लेते वो धंधा करते बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए जंजीरें पहन लिए और कुछ है आती नहीं सारा दिन अली, अली अली करते रहते सारा दिन हजरत अली शेर खुदा कर्रमलल्लाजुल करीम इर्षाद फरमाते सुने हजरत अली फरमाते के दरिया बहरा हो दरिया उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया जाएक हो जाए फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता इतनी नफरत नशे से शराब से मौला अली शेर खुदा की और हमने हज़रत उन लोगों के हवाले कर दिए माज अचारे छह महीने घुसल नहीं करते जिनको वजू का पता नहीं मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए मैं इस हजारों के इज्तम में यह कहता हूँ कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए हजरत अली का नाम तो मुकदस नाम है मौला अली की शख्सियत तो मुकदस शख्सियत है जिस आदमी के मुँह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है गंध जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है वो अली अली पुकार रहा है पवंदी होनी चाहिए। मौला अली शेर रदी के छोटे साहबजादे थे तो मुफ्ती आजम कहलाते थे लोग बड़े बड़े उनसे फतवे लेने जाते थे उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं तो कहने लगा यार तुम लोगों का तरीका यह है जिसको बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो कहा नहीं वो मुफ्ती आजम है कहने लगा चलो ऐसी बात है तो मैं भी एक दो मसला पूछ लेता हूं। वो सरकारे मुफ्ती आजम हिंद रहा तला की बारगा में आ गए दोनों वो तनकीद करने वाला आया और आगे कहने लगा जी यार मुफ्ती आजम है तो आपका ये मुरीद मुझे लाया सवाल पूछना था का। पुछो कहने लगे नबी पाक की चारों बेटियों का नाम बताए फ्ती याजम इन बैठक में बैठे थे ड्राइंग रूम में वहां से उठे और जो कमरा जाता था ना अंदर उस उस तरफ चले गए। वो कहने लगा ये तुम्हारा पीर तुम कहते थे मुफ्ती आज़म ऐसे चार बेटियों के नाम नहीं आते किताब देखने चला गया वो किताब से देख के बताएगा वो आपके मुरीद कहते मैं भी खामोश हो गया कि सवाल तो इतना मुश्किल नहीं था हजरत उठके को चले गए थोड़ी देर के बाद आए तो उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे फरमाने लगे वजू करने गया था मैंने मुस्तफ़ा की बेटियों के नाम कभी बगैर वजू के जुबान से अदाई नहीं की है। मैं वजू करने गया था इसलिए कि ये शहजादियां बड़ी पाक हैं ये लोग बड़े ये पाक लोग हैं इनके नाम पलीद जुबानों से लिए जा सकते नापाक जुबानों से ये नाम नहीं लिए जा सकते यहाँ हजरत मौलायना शेर खुदा करीम जिनकी शख्सियत का यह असर है, है, है कबाल बिठाए हुए हैं जो ना मुंह होते हैं ना उनको पता है शरीयत इस्लामिया का उनके मुंह से तो हजरत अली की तारीफ सुनेगा इनके मुंह से तो मौला अली की बात सुनेगा जिन्हें वजू करने का तरीका नहीं आता शेर खुदा की बात वो करेगा जिसके मुंह में मिसवाक की खुशबू भी हो और जिसके सीने में का मेंजरत अली शेर खुदा दुनिया क्या जाने मौलाम अल्लाह तीन वो शख्सियत है ओ भाई। कुछ लोग जवानी गुजार के दर रसूल पे आए कुछ कुछ बहारे देख के आए कुछ बार यहां देखी कुछ चढ़ती जवानी आए अलीगुल खुदा कहते मैंने कोई जवानी नहीं देखी। मैं दस साल का था जब नबी पा के कदमों से लग गया था दस साल का मेनु इश्क लगा सी खेडा खेडनी खेड भुल देजल पाया दे फिर ओद चरोंदी डे इस गली कदे न दी। पर परवरश पाई हजूर अली सलासलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर तो हुए सरकार का निकाह हो गया हजरत खदीरतुलकबरा तो के पास तशरीफ ले गए कहत आ गया मक्का मुकरमा में गुर्बत आ गई नबी पाक सल्ला अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए कहने लगे गुर्बत है परेशानी का आलम है हालात दिगर गु हैं और जनाबे अब तालब पर बोझ बढ़ा है चलो चल के उनका बोझ बटाए चलो ठीक है चलो उनका एक एक बेटा ले आते हैं उनके बच्चे ज्यादा है हम खिदमत करेंगे अपने चचाजा भाइयों की अपने घर में रखेंगे बोझ बट जाएगा हजरत अब्बास कहते हैं रसुल पाक मुझे साथ लेके गए हमने जाके जनाबे अब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको हजरत तो अब्बास मैं किसको लेके जाऊंगा तो हजरत तो अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे ये जमाना जानता है बचपन का प्यार है कल दी गाल अब पहला प्रीत रलाई फरमाया मुझे हमें पता है आप किस ले कि को लेकर जाएंगे बच्चा था भी। अभी अभी सात आठ साल उम्र थी अल्लाह के रसूल मेरे सेहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमायाली आजा यार सीने से लग जा तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है आठ साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कबर में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ मेरा ही सीना लगा हुआ था हजूर के सीने मिया साहब ने कहा था पानी बर्न सहेलिया रंगा रंग कड़े असी पर उस दा जानिए जिस दौड़ चढ़े फरमाते मेरा ही सीनाजूर घर ले आए मौला अली शेर खुदा फरमाते हजूर ने एला ने नबूबत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था नौ दस साल उम्र थी एक दिन मैंने हजूर को देखा यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है न पक्की पड़ी हुई है सारे अल्लाह खैर करे मजबूब हो गए रोटी जमीन पर खाते हैं नमाज अरश पे पढ़ते हैं वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं नमाज की दफा मजबूब हो जाते बाकी हर चीज की होश है सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने लान नबुवत किया मैं बच्चा था एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा नमाज का फर्ज हुई तो ये वह हजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे फर्ज होने से पहले न... और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था मौला अली खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बनता मुझे जन्नत में भी नमाज की तोीक देना जहाँ नमाज ना हो मेरा तो दिल ही नहीं लगता हजरत शेर खुदा करीमाते हैं खतिता के नमाज पढ़ रही थी अल्लाह अकबर कहा फिर गर्दन झुकाई देर तक खड़े रहे फिर रुकू किया फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई कहते मैं बच्चा था गौर से देखता रहा गौर से देखता रहा जब हजूर फारक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्ला ए मेरे मोजत भाई ये आप क्या कर रहे थे तो हजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया उस रब की नमाज़ पढ़ रहा था जिसका मैं जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ तो कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है मैंने भी पढ़नी है मुझे क्या पसंद आई है चलो सारे बोलो हूँ क्या पसंद आई है क्या पसंद आई है जी दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जरत तो अली कहने लगे कि हजूर मुझे पसंद आई है मैंने भी पढ़नी है क्या नमाज ने फरमाया कलमा पढ़ तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे और फिर चुपके से हजूर ने कान में कहा अपने अब से मशवरा कर ले कलमा पढ़ते वक्त मशुरा कर ले, ले। जनाब गया के पास। मैंने का, मैंने का, मैंने कल्मा पढ़ना है सबसे बेहतर वही या जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे वो तेरे हक में सबसे बेहतर है इसलिए वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं जो कह करता हजरत अली कहते हैं दस साल की उम्र में कलमा पढ़ा अल्लाह पाक ने फरमाया शीरा तक लकड़ी महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए करीबियों को डराए करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दे करीबी जरा मुश्किल से मानते नेड़े रहने वालों को कदर दर्द थोड़ी होती ये जरा मुश्किल से मानते हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने डूटी लगाई फरमायाली जा सारी बरदरी को बुला के ला आप फरमाते 10 11 साल का मुबलिक गलियों में फिरने लगा दस ग्यारह साल का ये देखें कहा दोस्ती का आगाज होता है कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर तो बदर से लेकर ओहद तक हनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कुफे की जामजिद की शहादत तक जनाबे अली दीन के लिए निकले ही रहे फरमाते हैं दस ग्यारह साल की उम्र में मैं निकला मैंने अबू सुफियान को कहा अबू लाहाब को दावत दी मैंने अबू जहल को बुलाया उतबा को उतैबा को वलीद को मैंने अब्बास को हमजा को कहते हैं मैं तमाम को कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली फरमाया मेरी बरादरी वालों मेरे चचाओ मेरे अजीजों इसलिए बुलाया कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं मैंने सारी दुनिया को इल्लल्लाह का पैगाम देना है मेरी मदद करो मेरे साथ चलो मेरे साथ ताउन करो आओ निकलो चले उठो मेरे साथ कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तु -गु सारे कर रहे थे उस वक़्त तो पुरजोश थे चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे जब कहा खून देने की बारी आईया तो चुप कर गए खून देने की बारी आईया तो चुप कर गए जैसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए मेरे काफले में शामिल कोई कम जरफ नहीं है का चलो मेरे साथ उठो। तो कहते हैं जब मैंने के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी मौला अली उम्र दस साल नौ साल कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की मैं पीछे बैठा था बच्चा जो था पीछे बैठा था पीछे कहते मुझसे रहा ना गया मैं उठा, पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी मैंने उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया और यूं दोनों आग फिजा में बुलंद करके कहा मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं चलते तो ना चले आना हाफिजू का या रसूल अल्लाह आना नासिरू का या रसूल अल्लाह हजूर आप मैदान में निकले जहाँ भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा मैदान में निकले ले, ले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा आप निकलिए हजरत अली फरमाते हैं, दस साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की लमा की और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं वो बेचते फिरते हैं जिक्र आत बिकता फिरता और इसका करते हैं कहले का नाम लेकर एक हजार के मुकाबले में वो लड़ा करता था मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा भतीजे तुझे पता मैं मरहब हूं मैं मरहब हूं तुझे पता कैसे मुकाबला करोगे तुम्हें पता है हजरत तो अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता मुझे तो अपना पता है, का है? लगे, ही। मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा तो का भी शेर हूँ मुकाबले में तो आप मैदान लगेगा तो पता चलेगा जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक जरब लगाई तलवार ज्यादा नहीं एक जरब लगाई एक जरब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा गर्दन भी काटी वजूद भी काटा और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए ने क्या फरमाया? फरमाया अली अली की की तलवार तलवार का का एक एक दान में, एक दो जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करें तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा आता फरमाएगा सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला तलवार चला के और जब खैबर का दिन आया कई दफा सबा कहे फतह नहीं हुई मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतेह देगा हजरत सैद मैंने कान में पूछा मैंने कहा वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे चले मुझे कान में बता दे वो कौन है तो हजूर ने, तो ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है कोई कोई एक तारफ और तो हजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते है हजरत अली सयाबा कहते हैं सारे मुंतजर रहे हजरत उम्र कहते हैं, मैं सोया ही नहीं सारी राहरे हाथ धंडा आने वाला मुझे मिलेगी फते नवीद और खुशखबरी फरमाते हैं, मैं सोया ही नहीं हजरत अली से पूछा आप किधर थे तो जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह तु फरमाते हैं, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था मेरी तो आंखों में तकलीफ थी मैं सोया हुआ था पता क्या बना कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी ना पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया ऐना अली इब्ने अभी तालब अली इब्ने अभी तालब को बुलाओ हजरत अली रबी अल्लाह तुम आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे यार सुल्लाह मेरी आंखों में दर्द है और हाथ पीछे कर अल्लाह ने तेरे हाथ पे फता लिख दी है पीछे कर हाथ हजरत अली कहते हु ने लुआबे दाह लगाया मेरी आंखों पर मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया जरत अली शेर खुदा एक हाथ में तलवार एक हाथ में चालीस गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा चालीस गज चौड़ा था हजरत अली शेर खुदा कहते मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया अल्लाह अकबर के नारे मैं रसूल का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने दो तीन दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा चालीस हजरत में दावत की लोगों की जब आप थे दावत छोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था और हजूर ने फरमाया ना मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है तो एक सियाबी ने का हजूर जो ना देख सके फरमायाली ये निभा उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है आ था, आ था, आ था, आ था। अली का तस्करा करना भी उनके लिए इबादत हज़रते अली, अली, अली को देखा नहीं था जवान कहता जब मैं आया ना, ना, ना, ना। मैंने ना, ना, ना। लोगों से पूछा वो पूरे मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था बड़ी शोहरत है किधर है कहते हज़रते अली साहब ने बैठे थे मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता पूरा जोर दो तीन दफा कभी इस दांत में कभी इस दांत में टूटता ही नहीं कहते मैं हंसने लगा तो ने मुझे पास बुलाया कहो बेटे तो तो कहा नहीं।, नहीं जो सोच रहा था तू बता मैंने कहा नहीं कुछ नहीं माने लगे मैं बताऊ तू तो क्या सोच रहा था बताऊ का हजूर बताइए अब फिर लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं खै कैसे तोड़ दिया था तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैर कैसे तोड़ा था फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया उन्होंने अपने मुंह से वो जो अखरोट लगा था झाड़ा हाथ यूं झाड़े इमामा सीधा किया और फरमाते शेर खुदा बन के बैठ गए कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़ कोई खैबर आ तो ला में अभी भी तोड़ने को तैयार हो कोई है तो ला में अभी भी तोड़ने को दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है? अली का नाम सुनकर अब भी खैबर छोड़ छोड़ो को तू ला कहते मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया मैंने कहा वाक ये तोड़ डालेंगे ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे कैफियत ही बदल गई फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए आने लगे बेटा डर ना मसला समझ का कुछ और ख़ैबर मैंने अपने ईमान की कुबर से तोड़ा था मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुत है आज भी अगर कुफर ललकारेगा आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा अली का जज्बा जिहाद जहाद आज भी बड़ा जवान है गैरत ईमानी आज भी बड़ी दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बढ़ा मेरा जवान है तू बता को खै तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा हर जगह कुर्बानी हजरत अली की जब मदीने में ना हजूर ने सबको अनसार और महाजरीन को भाई, भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं हजूर ने फिर मैं क्या सोच रहे है? मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना हजूर ने फिर मैं दुनिया वो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है इमाम राजी ने लिखी है एक बात बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी इमाम राजी कहते हैं नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पे पर जबरीलेमीन ने हजरत को भाई बना लिया तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए जिस रात नबी पाक सल्लह हिजरत करके आए ना एक कोजूर ने साथ ले लिया अमीर उमोन ने अबू बकर सिद्दीक अबू बकर पहला नंबर पहला नंबर किसका है दूसरा तीसरा चौथा यह सबक बच्चों को याद कराए अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए फतवा भी कवाल का चलता है अल्लाह खैर करे हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजूर ने साथ ले लिया हजरत की रात और मौला अली शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रास्ते में भी बड़ा खतरा था पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है अगर आके वो पर्दा ना हटाते ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या पुरसने हाल होता कुछ भी ना होता ना, ना, ना, ना, ना, आ, इमाम राजी कहते रब करीम ने फरमाया तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए हैं बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा करेगा जान फरिश्ते खामोश हो गए तो रब ने फरमाया अब नीचे जरा जलवे तो देखो अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है जाओ देखो ना जाके जलवे तुम तो भाई भाई बने थे फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओ जमीन पे दो तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ उसने मेरे मुस्तफ़ा पे जान कुर्बान की है उसकी जान की हिफाजत करो वहाँ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी फिदा हो उन पर यह इज्जत मिली है हजरत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में, में अव्वल हर जंग में पैर अस्सा बिकून अस्सा बिकून औला अल्लाह फरमाता है सबकत लेने वाले सबकत ले गए आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ हजरत अली ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया कोई कारोबार नहीं किया सारी उन्होंने अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें हजरत अली रजी तुम्हें बैंक बैलेंस नहीं बनाया सियाब कराम वाली मुरान फरमाते बड़े बड़े रिश्ते आए सैदा फातिमा के लिए बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ एक दिन तीनों यार इन लोगों का खलूस देखे मौला अली के साथ हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली एक यूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके का अली तो हजूर से सैयद फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता हजरत तो अली कहने लगे भाईयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है रिश्ता कैसे मांग लो तू जा तो सही। हमें तो लगता है, है बारगाह में गया तो इन्होने मुझे यार थे ना त्यार करके भेजा मुझे लफज भी सिखाया क्या कहने लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की सलाम लेकर तु हजूर के पास बैठ गया मैं मैं फिर फिर पूछा पूछा कैसे कैसे आए आए हो? उन्होंने भेजा है, कहते है पाक मुस्कुरा दिए फरमायाली उन्होंने तुझे भेजा रब करीब ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया तेरे तेरे लिए फैसला हो गया है का, तेरे हक में दौलत देख के बेटी तो दे दे की शादी करता है सरमाया देख के फिर दुआ कराता है दुआ करें अल्लाह मेरे दमाद को हिदायत दे दे मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख परेजगारी देख दे, दीनदारी दे। उस शख्स को बेटी दी जो, जो ब्याह सारे घर के कामा ने किए मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा जोर से असर के दरम्यान काम करते दो किलो खजूरे मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पर रखी बाघ का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो फरमाया दो किलो हो गई या बड़ी है एक किलो मेरे बच्चे खाएंगे एक किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे तो कहा अली कल क्या करोगे फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा तो बंदा मशवरा देने लगा मशुरा भी होता है ना करीब से मशूरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं माशाला का अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए क्या अर्ज है जायज कर लें जार खुदा ने एक जुमला का पर शेरों जैसा कह दिया हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो होता है। हलाल हो तो हिसाब होता है लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ नाब वाला काम करता हूं मैं कट्ठे ही नहीं करता ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े मैं मैं इस रस्ते जाता ही नहीं मौला कायनात शेर खुदा और भाई हजरत सैद नाबू फरमाते मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ कौन सी बात फरमाने लगे मैं कोफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कोफे के चौक में खड़े थे और हाथ में जीरा पकड़ी हुई थी वो वाली जीरा जो बदर में भी उनके पास थी वो वाली जीरा जो उहद हुनैन खंदक और खैबर में भी उनके पास थी जीरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हैं भाइयों मेरी जीरा खरीद लो मेरी जीरा अमीर में उस वक्त अमीर वक्त है बादशाह के बाजार में ओ भाई मेरी खरीद लो ये बड़ी मेंस्बत वाली है बदर उहद हुनैन में, में मेरे साथ रही और शेर खुदा फरमाते क्या हैं फरमाते है जब अली ने यह लफ्ज कहे तो मेरी चीखे निकल गई हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तहमद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता नया तम खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता हजरत बाहेजगारी दरवेशी सा मौलाई बल्कि आला हजरत फाजल बरेल खलीफा है मोलाजरुद्दीन बिहारी उन्होंने एक अजीब बात लिखी है कहते हैं हजूर में राज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए एक कमरे में दाखिल हुए जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने एक जुब्बा निकला तो अल्लाह का ले जाऊं तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेकर जाएगा पर पहने का नहीं किसी न किसी गुलाम को दे देगा का मौला वो तो फिर तेरा फजल है तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा उसको देना जो मेरे उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे लेके आए, कर लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा हजरत उमर को बुलाया का आजम अगर आपको दे दूं तो का अदल से भर दूंगा सारी का इनाब पर तक नहीं पहुंचा उम्मान अगर तुम्हें दू तो जिनाब उस्मानी रही अल्लाह तरूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छाव कर दूंगा हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह तीन दी हुई ताकत से ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा मेरे ने मौला अली को बुलाया पास बिठाया फरमाया अली अगर ये जुबा तुझे दू तो क्या करेगा हजरत अली ने आंख खोल के हजूर का चेहरा देखा अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा मैं रब की मखलूक की पर्दे डालूंगा छुपाऊंगा पर की बरकत से खिदमत में कुछ लोग आए क्या हजूर अली ने सख्ती की है सख्ती की है बाद जंग के मौके पर कैसी पास अलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती सخت की है कहते की बारगाह में हुए तो नबी पाक नाराज हो गए फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है कौन है फरमाया अली अली अली है मैं में से हूँ अली मुझ से है और मैं अली में से हूं तुम्हें उसका पता है मेरे हबीबे पाक सैयद आलम सलम ने बड़ा प्यार अब यहां अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए आमीन तो कह दें और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं पूछते ही नहीं हजरत अली बैठे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे तो मौला अली शेर खुदा करने लगे अबू बकर रस्ते क्यों हो का हजूर ने फरमाया था क्यामत के दिन अली जन्नत की टिकटे तकसीम करेगा कहने लगे लगता है ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई तो तबु बकर कहने लगे पूरी बात से मोहब्बत करे उसको टिकट देना जन्नत की इन लोगों का प्यार इनकी वफा और फिर अजीब लोग चक्कर है लोग कहते हैं हजरत अली के, के हक पे कब्जा हो गया अली को इतना कमजोर ना समझो शेर खुदा को इतना अगर हुसैन इबन अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को, तो अली अल हैं फारूक आजम और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ते हजरतमान गनी के वो रसूल और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गो ने कहते बदर याहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ ये कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए तो हजरत आशाह की पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया हजरत आदशी के साथ प्यार मौला आली खुदा यहां तो लोग ना जाने इसलिए कौन सी खिदमत कर रहे अगर हजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में यहां पर इतफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा तुमने तो दिन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया तो वहां बुक्स पैदा कर दिया जहाँ से लोगों को इतफाक का दर्श मिलना था वफा का सबक जहाँ से लोगों ने पढ़ना था वही हालात खराब कर दिए मौला कायनात शेर खुदा कर राम वजुल करीम सि के मजमू में बैठे थे यारों के बीच बात हो रही थी अब हजरत अली की तालीम सुन लें हजरत अली की तालीमत क्या है बैठे थे गुफ्तगु छेड़ गई हजरत अली रदी अल्लाह त हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है फलां चीज पसंद है फलां चीज तो पूछा अली आपको क्या पसंद है तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है का कौन कौन सी फरमाए मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो हजूल फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए ये इतनी फजीलत की बात हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोज़ा पसंद है और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मुझे पसंद यह है कि मैं अकेला खाना ना खाऊँ जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो ये मेरी, मेरी पसंद है हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए वो कमजोर नहीं वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए समाते मुझे मजा तो आए ना रब के रस्ते में जो तगड़ा दुश्मन आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं उसके, उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा इतना बात है जब दुश्मन दलेर हो मजा इतना बात है जब दुश्मन तगड़ा हो लुत्फ इताब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो हजरत अली शेर खुदा फजर का वक़्त था हाथ में छड़ी पकड़ी थी तिरसठ साल उम्र मुबारक थी कूफे की जाम मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे हर दरवाजे पर दस्तक देते उठो असला तो खैर रस्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए जब मस्जिद कोफा में पहुंचे तो एक बदबक खंजर छुपाए खड़ा था उसने हजरत अली रदी अल्लाह को खंजर मारा वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे फूस तो लोगों रबा लोगो रबा की कसम में कामयाब हो गया मेरी जिंदगी दीन के काम आ गए मैं कामयाब हो, होजरत की सारी से गई। नहीं हजूर तो ने फरमायाली नहीं तो उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई मैंने कहा बस भाई कामयाब हो गया जाम मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वह शख्स जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए बेटा जीना उसी का आया जो दीन के लिए जिये बेटा मरना उसी का आया जो दीन के लिए मरे जिस धज से कोई मखतल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई बात नहीं हजरत शेर खुदा करमल्लाजुल करीम खातम उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई हजरत विशाल हुआ आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहां दो नफल पढ़ के कहा अः अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुँचा दी है जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुख्सत हुए इक्कीस रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अलीतदा शेर खुदा रुखसत हुए सयाबा कहते मदीने में कोहराम मचा बगदाद की गलियाँ सुनी हुई कोफे के लोग तड़पे मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगीं वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी क्यामत तक बाकी रहेगी उसका उजाला क्यामत तक चमकता रहेगा जरत अली का नाम आज खुदारी कीजरत अली का नाम ईमान की अलामत है मौला नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है ताकतें बेदार होती है रूहे बेदार होती है हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते कसरत से रोजे रखते कसरत से इबादत करते हज तो इतना मबूब था, था।, था।, था। हर साल हज करने जाते हर साल हज करते हजरत मौलानी शेर खुदा रदी अल्लाह तु का आलम ये था कि बावजूद गुरबत के बावजूद गरीबी के घर में कोई शे और ये जानबूझ के गुरबत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है बावजूद फकर इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह तु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे एक तरफ हाल यह है कि हजरत अली को तीर लग गया एक जंग में दो तीन तीर लग गए तो हकीम कहने लगे हजरत आपको दरख्त के साथ देंगे फिर तीर निकालेंगे वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे हजरत अली फरमाने लगे जरूरत ही कोई नहीं जब मैं नमाज की नियत बांधू तो निकाल लेना मुझे पता भी नहीं चलेगा एक तरफ हाल ये है एक तरफ और दूसरी जान क्या हाल है एक मांगने वाला फकीर मदीने आया तो सहाबा अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे हजरत अली भी नमाज में थे नमाज में ही रब के बंदों का ख्याल आ गया सुनाई थी ना नबी पाक फरमाते नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ बीमार का ख्याल हजरत तो मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया मेरे पास चांदी की अंगूठी थी मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानी फेंक दी फरमाते उस साइल ने जाके हजूर को बताया हजूर आज मैं मस्जिद में गया हूं सब नमाज पढ़ रहे थे कुछ मिला नहीं हजूर ने फरमाया वहां अली नहीं थे हजूर थे फरमाया मेरा कुछ मिला कहा उसने तो नमाज पढ़ते, पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी है नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी माला वाले सखी नहीं होंगे कौन पैसे वाले सखी मैं नहीं दिया मिया साहब कह रहे हैं मालां वाले सखी नहीं होंगे सखिया माल नहीं हों एथे ओथे धुआ जहा नहीं सखी कंगाल नहीं होता नबी पाग ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे हैं वो सखी नहीं होता जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है हजरत अली शेर खुदा घर में तीन तीन दिन खाना नहीं पकता पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है वो झोली भर के भाई जिंदगी उसकी है जिसकी दीन के काम लग गई वरना लोग वक़्त जया करके चले जाते हैं पैसा कमाना दौलत कमाना और इसके हाल कमाना इबादत पर इसको दीन ईमान बना लेना हुसन नहीं जिंदगी का लोग अपना आप अप ज़ाया कर देते अपना आप अप ज़ाया ना करो शेर खुदा का महल कोई नहीं था पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जा रही है हजरत अली रदी अल्लाह बैंक बैलेंस नहीं था लेकिन आज अगर, अगर अल्लाह किसी को नूर बसीरत दे तो उठ के देखे कायनात में जितना कुछ भी है आज पूरे आलम दुनिया में, में आलम इस्लाम में हजरत अली का जिक्र हो रहा है पूरी दुनिया हज़रत अली का फिर अल्लाह ने फाहम दिया बसीरत दी हज़रतली को अल्लाह ने इल्म दिया बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली बहुत बड़े हज़रत सैन फारूक रदी अल्लाह तुनों फरमाते अगर हमारे दरम्याणी ना होते हम हलाक हो जाए जहाँ कोई मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते बल्कि हज़ूर ने फरमाया मैं का शर हूँ अली उसका दरवाज़ा है हज़रत जबरी अमीन सलाम आए इंसानी शक्ल में हजरत अली के सामने खड़े होके कहने लगे अली सुना है आप शहर इलम के दरवाजे हैं हजरत अली कहने लगे मैंने नहीं कहा यह तो मेरे रसूल ने कर्म फरमाया है कहने लगे चलो बताओ जबरील इस वक्त कहाँ है हजरत अली ने ऊपर देखा नीचे देखा दाए बाएं आगे पीछे देखा फर माने लगे ना तो इस वक्त सात आसमानों पर है ना सात जमीनों पे है ना मशरक मगरब शमाल और जुनूब में है पर माने लगे या तू जबरील है या मैं जबरील एक कह दोनों में से तो हजरत जबरील कहने लगी अली सच का है मुस्तफ़ा ने तू वाक इलम का दरवाज़ा है तू तो अली है अलील तो मैं ही हूँ जबरील उनके कहा जो, जो फाम वरासत है ना मेरे भाई ये किताबे पढ़ने से ज्यादा नहीं आती किताबे रहनुमाई करती फाम विरासत परहेजगारी से आती है अल्ला फरमाजी नाम तब तक फुरखान अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें बसीरत का नूर रहता फरमाए बातन की आंखें दे देता है जब बंदा अल्लाह इमाम मालिक से किसी ने कहा था हजूर मेरा अफजा कमजोर हो गया तो फरमाया गुनाह करने छोड़ दे इल्म अल्लाह का नूर है गुनागारों को नहीं दिया जाता तेरे जहन के अंदर जब बस बसेंगे तो अल्लाह का नूर कैसे आएगा हजरत अली की जिंदगी मिश अल राह है उसको अपनाएं हजरत अली का सजदों से प्यार है सखावतों से प्यार है इबादतों से प्यार है जिहाद से प्यार है उनका मेहमान नवाजी से प्यार है उनका गर्मी के रोजे से प्यार है उनका मैदान से प्यार है अपने आप को इन लोगों की सीरत का हामिल बनाए नकूश कदम चलने की कोशिश करें दुआ है रब करीन की बारगाह में अल्लाह में हजरत अली की सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमा बर्दारी याता फरमाए आखिर